नमस्कार आपका स्वागत है हमारे परिवार में क्या आप किसी समस्या से परेशान हैं क्या आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती क्या आपको कम से कम समय में कुछ अच्छा करना है और आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो ऐसी आपकी इच्छा है तो आप ये प्रयास करें श्री गणेश जी की कहानी करें आपको जल्दी फल मिलेगा इस वीडियो को आखिरी तक सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो ऐसी आपकी परेशानी दूर हो सके श्री गणपति की कहानी भगवान गणेश जी सुनिए आपकी कहानी निर्मल माला उदाका झील बेला वृक्ष स्वर्ण कमल विनायक मंदिर रावलाय अपनी कहानी सुनिए मंचला वृक्ष भगवान श्री गणेश जी को मन में बसाकर इस प्रतिज्ञा को लेना श्रावण मास के चतुर्थ को लीजिए श्रावण के चौथे दिन ले चौथे दिन पूरा करने के लिए सर्व साधारण दोनों हाथ भरकर पांच मुठिया भरभरा दाल का आटा लीजिए अपने दोनों हाथ से आटा निकाले स्वादिष्ट अठारह लड्डू बनाकर उसमें उस से 6 लड्डू देवताओं को दे दे 6 लड्डू ब्राह्मणों को दे दे 6 लड्डू के साथ परिवार का भोजन कर ले अल्पदान महापुण्य जैसे गणराज जी हमारे दिल में और मन में रहे हमारे विचार और चिंतन में रहे ऐसी प्रार्थना कीजिए मन कामना निर्विघन कर सिद्धि करेज ऐसी इन साठों उत्तरों की कहानी पाँचों उत्तरी सफलता को पूरा करती है इस तरह ये व्रत पूर्ण होता है और आपकी सारी परेशानियाँ दूर होती है जय श्री गणेश जी